हेलो एवरीवन तो जैसे कि आपने सुना होगा कि गूगल मैप्स बहुत से लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है गूगल मैप्स यूज़ कैसे करते हैं या फिर अनजान किसी जगह का अगर आप कभी कभी कभी किसी अनजान शहर में जाके कहीं खो गए हो आपको किसी डायरेक्शन का पता नहीं है किसी लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं है और आपको किसी जगह पर जाना है और आप पहुँच नहीं पा रहे हो तो ये गूगल मैप्स उसी चीज़ के लिए बेसिकली बना है और उसी चीज़ में हेल्प करता है इसमें गूगल के द्वारा सारी डिटेल्स और डेटा डाली गई है ताकि आप इजीली कहीं से भी अगर आप कहीं आज के डेट में फंसे हुए हो तो आप तुरंत वहाँ पे उस जगह का लोकेशन टाइप करके आप उस जगह पे पहुँच सकते हो ठीक है तो आज मैं आपको बताऊँगा कि सबसे बेस्ट और इजी वे कैसे यूज़ करते हैं गूगल मैप्स को और कुछ हीड ट्रिक्स भी आपको बताऊँगा जो चीज बहुत कम लोगों को पता है आज मैं आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो बने रही वीडियो के साथ ये मेरा पहला वीडियो है वो करूँगा आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं गूगल मैप्स यूज़ कैसे करते हैं गूगल मैप्स यूज़ करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों की होना बहुत ज़रूरत होता है सबसे पहला हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जो बिल्कुल मस्त है और हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है चाहे हम किसी भी किसी भी प्लेस में खड़े हो हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि हम उस लोकेशन को ट्रैक कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं कैसे गूगल मैप चलाते हैं सबसे पहले हम जाएंगे गूगल मैप्स में हर फोन हर एंड्रॉइड फ़ोन में गूगल मैप्स नाम का एक ऐप होता है उसको हम ढूंढते हैं गूगल मैप्स का है तो गूगल मैप्स हमें यहाँ मिलेगा ज़्यादातर ये गूगल का एक फोल्डर होता है उसमें गूगल मैप्स नाम का एक ऐप आप है यहाँ पे मैप्स नाम का देख सकते हैं आप तो इसको हम ओपन कर लेंगे सबसे पहले ओपन कर लिया हमने ठीक है और ओपन करने बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है इसका ठीक है आपके नियर बाई एरियाज़ का लोकेशन भी दिखाता है अभी जहाँ पे आप हो वहाँ के होटल नियर बाई दिखाएंगे कुछ कुछ रेस्टोरेंट दिखा सकता है ये या फिर कोई नीयर बाई शॉपिंग मॉल है या फिर रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट है सारे कुछ है दिखाता है ठीक है तो जैसे कि मैं इस जगह पे हूँ ये ब्लू कलर का डॉट सारा स्पॉट आप देख रहे होंगे ये हमारा अभी करंट प्रजेंट ले कोई लोकेशन बता रहा है ठीक है तो हमें जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है अभी फिलहाल तो हम सर्च कर लेंगे उस लोकेशन के नाम पर जैसे हमें यहाँ पर नियर बाई कोई जैसे कोई एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम हमने मैंने थोड़ी देर पहले सर्च किया था उसको खोल के आपको दिखाता हूँ जैसे अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज नाम का एक जगह है यहाँ पे जमशेदपुर में तो उसको खोल के आपको दिखाता हूँ ये कहाँ हमारे मेरे घर से कितनी दूरी पे है ये आपको बता देगा यहाँ से चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देखते हैं कहाँ से जैसे कि देख सकते हैं अलकबीर पॉलीटेनिक करके ऑप्शन आ गया है यहाँ पर देखिए यहाँ पे अलकबीर पॉलीटेक्निक का डायरेक्शन और स्टार्ट वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह सारे दे रखे हैं यहाँ के कुछ फ़ोटोज़ भी दिए होंगे उस पर ठीक है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उसके डिटेल्स में दिए रहते हैं उसकी रिव्यूज़ वगैरह भी दी रहती है कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किए रहते हैं वहाँ के ठीक है तो हमें अभी फ़िलहाल नीड है डायरेक्शन और लोकेशन जानने की तो हम आपको मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं यहाँ डायरेक्शन पर जाना है ठीक है डायरेक्शन पे जाने के बाद हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं एक कार का बाई कार जा सकते हो बाइक, बाई, बाई ट्रेन और बस और बाई वॉक ठीक है तो आपको डिसाइड करना है आप किस चीज़ में सूटेबल हो अभी तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें बाइक से जाना है तो बाइक का रूट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखा रहा है आप दिख सकते हो जिग जग का कुछ पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे ठीक है ट्वेंटी मिनट का कुछ अप्रॉक्स रूट बता रहा है 12 किलोमीटर्स है हमारे घर से यहाँ से ठीक है थीके? तो अगर हमें जाना है यहाँ से तो हम स्टार्ट का लोकेशन या स्टार्ट बटन जो आप देख सकते हो स्टेप्स के बीच स्टेप्स के नीचे लिखा हुआ साइड में लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये बाइक का बाइक के लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमें रूट बताना शुरू कर देगा ठीक है तो हम स्टार्ट करके देखते हैं कैसे चलता है ये तो हमने स्टार्ट कर लिया ठीक है कुछ इस तरीके से ये खुल जाता है सॉरी ये कुछ दूसरा एरर सा आ रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुला है इसका ब्लू कलर का ठीक है तो अब हमें समझ में आ गया कि ये जो कार का जो डायरेक्शन दिखा रहा है देख सकते हो ऐसे सामने से आके फिर बैक साइड से आके सीधा स्ट्रेट साइड में जा रहा है ठीक है ये ब्लू टिक ब्लू ब्लू लाइन जिधर सी जाएगी मतलब आपका डायरेक्शन वो होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी इधर कहीं हिलते हो तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है ये ब्लू लाइन को आपको फॉलो करके जाना है आपको डायरेक्शन अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे और चले जाएगा ठीक है तो अब होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा तो मिलते हैं ऐसे ही आपको अपडेट अपडेटेड वीडियो देता रहूँगा तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद